हाँ तो बताओ कैसा चल रहा है इसमें भी चलता हो तो फिर भी कहना पड़ता है कि भाई सब कुछ सही सही चल रहा है बात तो तो साला एंजॉय एंजॉय करने का नहीं पर तो रावण जैसी बीस आंख वाली जब बीवी मिली हो तो खाके से हम बीस आंख वाली साले एक मुंडी में दो आंख होती तो दस मुंडी वाला था उसमें तो बीस आंख हो लगता है सारा ये के अकेले सुनती हो जरा अंदेरा न प्लीज काम रूप में है जो बोला कैसे आया हाँ तो भाई हम कहा थे मंडी में थे